जय हिंद ये इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस से नंबर तीन है जो लोग एक से दो तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियो पर पहुँच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है कि साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं आप सने बी राव बी एम एन राय श्री जवाहरलाल नेहरू या फिर डी बी आर अम्बेडकर पेपर पेन लेकर बैठिए साथ में हल करिए लास्ट में बताइएगा आपसे कितने सवाल सही बने हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है और इसमें वही सवाल पूछे गए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एम एन रॉय प्रश्न नंबर दो उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू द्वारा उन्नीस में बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्नीस में सी अम्बेडकर द्वारा उन्नीस में या फिर डी सरदार पटेल द्वारा 1942 में तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्नीस में प्रश्न नंबर तीन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर ने बी जवाहरलाल नेहरू ने सी सर बीएन राव ने या फिर डी सरदार पटेल ने तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रश्न नंबर चार संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी ऑप्शन ए नौ दिसंबर 1946 को बी ग्यारह दिसंबर 1946 को सी बारह दिसंबर 1946 को या फिर डी तेरह दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की बात हो रही है तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नौ दिसंबर उन्नीस को प्रश्न नंबर पांच है प्रारूप समिति में निम्न में कौन एक सदस्य शामिल नहीं था ऑप्शन ने ए जवाहरलाल नेहरू बी मोहम्मद सादुल्ला सी ए के अयरिया और डी के एम मुंशी इसमें बताना है कि कौन सा प्रारूप समिति में सदस्य नहीं था जबकि प्रारूप समिति में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कुल कितने सदस्य थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रश्न नंबर छः सूची वन को सूची टू से मिलाना है एक तरफ समिति दी गई है और उस समिति से संबंधित उसके अध्यक्ष दिए गए हैं तो इसमें बताना है कि कौन की समिति का अध्यक्ष था तो ए प्रश्न ऑप्शन ए पर है संचालन समिति तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जबकि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल तो इस प्रकार से जो कोड बनेगा ए का टू से तो ये दोनों गलत हो गए ऊपर वाले ऊपर में से ए और बी में से कोई सही है बी का वन से तो बी का वन किसमें है ऑप्शन बी में तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए ऑप्शन ए है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था दो है उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था इसमें आपको बताना है कौन से कथन सत्य या सत्य हैं ऑप्शन ए केवल एक सत्य है या केवल दो सत्य है या ए और दो दोनों सत्य हैं या फिर न एक सत्य है ना तो दो सत्य है तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर क्या बत होगा बताइए जल्दी से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक सत्य है बस क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तुत किया गया था जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को सरदार पटेल की जगह पर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था प्रश्न नंबर आठ द कंस्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बी सरदार पटेल सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी राव प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रश्न नंबर नौ भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है ऑप्शन ए नम्यता व अनम्यता का मिश्रण बी संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय सी है अलिखित एवं विस्तृत संविधान डी है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य इसमें बताना है कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व विस्तृत संविधान संविधान क्योंकि सब अपने हाथ लिखित है प्रश्न नंबर दस के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष कर दी गई थी ऑप्शन तिरसठ में संविधान संशोधन द्वारा बी बासठवें संविधान संशोधन द्वारा सी इकसठवें संविधान संशोधन द्वारा या फिर डी साठवें संविधान संशोधन द्वारा तो फिर नंबर दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इकसठवें संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी ये प्रश्न नंबर दस इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में